कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उसके दिल के शहर में हमारा हाथ छूट गया और ये कभी न टूटने वाली रिश्ता सिर्फ एक मैसेज में टूट गया